संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली इंदौर जिले के बहु में अनूठा नजारा देखने को मिला जहाँ एक युवती अपनी शादी से पहले अपने आदर्श बाबा साहब अंबेडकर को शादी की पत्रिका देने पहुंची यू तो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दुनिया भर में लाखों अनुयायी है जो उनके विचारों को अपना आदर्श मानते हैं और जब कोई परिवार या घर में आयोजन होता है तो सबसे पहले बाबा साहब को निमंत्रण दिया जाता है कुछ ऐसा ही नजारा रविवार की शाम को देखने को मिला जहां रोशनी गोडाले अपने वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले बाबा साहब की जन्मस्थली पहुंची जहां उन्होंने शादी का निमंत्रण डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में अर्पित किया और आशीर्वाद लिया बाबा साहब की स्मारक से शादी की शुरुआत करने की प्रेरणा जो है मुझे मेरे माता पिता से मिली है जो खुद मिशनरी हैं और मेरे डैडी जो सुधाकर लांजेवाल जी हैं, जो मैं जिनको मैं डैडी बोलती हूँ उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए क्या क्या किया मैं यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना या प्रार्थना करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे उनको थैंक यू बोलने आई हूँ क्यूँकी आज उनके कारण मैं इस कंडीशन में हूँ की मैं हम लोग खुशी से रह पा रहे तो इसलिए हमको प्रेरणा मिली है और मैं उनको यहाँ पे थैंक यू बोलने आई हूँ मेरे साथ पूरा परिवार मेरा उनको थैंक यू बोलने आया क्योंकि आज उनके कारण हम जो है एकदम निचले स्तर से आज इस स्तर में पहुँच गए जहाँ पे आज हम तमाम खुशियाँ मना पा रहे हैं, हम आगे बढ़ पा रहे है हम शिक्षित हो पा रहे है हम लोगो को जागरूक कर पा रहे है तो हम तमाम महापुरुषो को बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने आए आपकी जिससे शादी हो रही है क्या वो इस चीज ऐसी खुशी ऐसी वो भी खुद जो है अग्री है और वो भी अंबेडकर आई डे और हमारी शादी जो हो रही है पूरी अम्बेडकर आई तरीके से हो रही है उसमें कोई मनुवादी परंपराएं नहीं हो रही कोई पाखंडवाद नहीं हो रहा हम सिंपल सिटी से एकदम शादी कर रहे हैं महापुरुषों को याद करते हुए हमारे पुरखों को याद करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता को याद करते हुए हम शादी कर रहे हैं वह ऐसी सुनील काले रिपोर्ट